एहसास तेरे और मेरे तो एक दूजे से रहे एक तेरी तलब लगी मेरे होश भी उड़ने में लगे मुझे मत सुकून तेरी बाबू में जन्नत जैसी एक रात है एक बात